हेलो फ्रेंड्स क्या कभी कोई इंसान पॉलिटिक्स में बिना गलत काम किए आ सकता है ज़रा सोच के देखिए आज तक हम जितनी भी फिल्में देखी है बचपन में या रियल लाइफ में ही देख लीजिए कोई भी ऐसा राजनेता नहीं मिलता जिसकी छवि में कोई बुराई ना हो हर एक राजनेता में ये बुराई देखने को मिलती है पर कहते हैं ना हर युग में कुछ ऐसे इंसान आते हैं जो पूरे इतिहास को बदल कर रख देते हैं जी हाँ एक नेता ऐसा है वर्तमान में जिसकी छवि अब तक के सबसे ज़्यादा सम्माननीय राजनेता के रूप में है जिसे उसके पार्टी के लोग तो सम्मान देते ही हैं उसका लोहा मानते तो ही हैं पर साथ में उसके विपची पार्टी के लोग भी उसका लोहा मानते हैं अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैं किस कहीं आप किस बात कर रहा हूँ जी हाँ मैं गुलाम नबी आज़ाद के बारे में बात कर रहा हूँ जी हाँ ये वही शख्स है जिसे पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी ने रो रो कर विदाई समारोह दिया था गुलाम नबी आज़ाद को 2018 में प्रेसिडेंट द्वारा आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंट्री अवार्ड मिला था आप सोच सकते हैं ये इंसान कहाँ तक पहुँचा हुआ है ये एक ऐसा इंसान है जिसकी लोहा हर एक इंसान मानता है ग़ुलाम नबी आज़ाद के पर्सनल लाइफ के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने जम्मू कश्मीर की एक सिंगर समीम देवी से शादी किया इनके दो बच्चे हैं और ये कहते हैं कि मेरे मैं अपने बच्चों को पॉलिटिक्स में नहीं आने दूँगा खैर ये तो उनकी पर्सनल लाइफ है बात करते हैं उनके पॉलिटिकल लाइफ के बारे में ग़ुला नबी आज़ाद सेवेंथ चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर रहे उससे पहले वे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थे और फिर अभी जब उनका फेयरवेल हुआ पार्लियामेंट से तो वे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के थे आप समझ सकते हैं गुलाम नबी आज़ाद कितने पहुँचे हुए इंसान थे वे मनमोहन सिंह के कार्यकाल में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर थे आज भी उन्हें जितना सम्मान कांग्रेस पार्टी में मिलता है उतना तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी नहीं मिलता यह इंसान पूरे इंडिया के पॉलिटिकल व्यू को बदल कर रख दिया है